गेहूं की कीमत पर नियंत्रण के लिए भारतीय खाद्य निगम को इन नीलामी के जरिए 45 लाख टन गेहूं बेचने के निर्देश का असर दिखने लगा है पांच नीलामियों में अभी तक 28 लाख टन से ज्यादा गेहूं की बिक्री की जा चुकी है इसके चलते गेहूं के मूल्य में स्थिरता आती दिख रही है नीलामी के दौरान प्राप्त कीमत से पता चलता है की बाजार अब मंदा हो गया है और यह औसतन बाईस सौ प्रति क्विंटल से नीचे आ गया है गेहूं की नई खरीददारी के लिए एमएसपी एस रुपया है गेहूं की कीमतों महंगाई पर नियंत्रण के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रत्येक सप्ताह ई नीलामी का आयोजन किया जा रहा है खुला बाजार बिक्री योजना के तहत अभी तक पांच नीलामी में कुल अट्ठाईस लाख टन तक गेहूँ की बिक्री हो चुकी है अगली ई नीलामी पंद्रह मार्च को होगी क्योंकि 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होने जा रही है इसे देखते हुए सरकार ने गेहूं उठाने की प्रक्रिया को 31 मार्च के पहले तक पूरा कर लेने का निर्देश दिया है पांचवी नीलामी में गेहूं को दो रुपये प्रति क्विंटल की दर से बेचा गया पहली नीलामी में नौ दशमलव एक लाख टन गेहूं दो रुपये प्रति क्विंटल की दर से खुले बाजार में बेचा गया था दूसरी नीलामी के दौरान 3.85 लाख टन दो रुपये प्रति क्विंटल तीसरी नीलामी में पाँच लाख टन दो रुपये प्रति क्विंटल एवं चौथी नीलामी में पाँच लाख गेहूँ दो रुपये प्रति क्विंटल की दर से बेचा गया था